हाई फ्रेंड्स मैं हूं विजय कुमार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आनंद से हम पॉलिसी कैसे करें तो चलते हैं डैशबोर्ड पर तो हम आए यहां पर और इसका लिंक हम डिस, डिस्क्रिप्सन में दे देंगे और यहां पे एजेंट जो ये आ रहा है लोगों की ओ वाला हम इसको चॉइस करेंगे इसे चॉइस करने के लिए एंटर करेंगे एंटर करने के बाद अपना वोट डालेंगे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा ओटीपी आएगा ओटीपी आप इस पे डालेंगे इस पे ओ डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और एंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और प्रीमियम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे जब आपको तो आपको प्रीमियम कैलकुलेटर तो इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप, आप, आप हम करना चाह रहे हैं कि पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी होगी? बेस्ट बेस्ट सभी है पर लेकिन अधिकतर लोग भाग जो करा रहे हैं वो इसको कराते हैं। जीवन लाभ जीवन लाभ को कराते हैं जीवन लाभ में कर रहे करने जा रहा हूँ प्रोसीड पर नो करेंगे नो करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे और नाम डाल मेल डाल लेंगे और इसमें यहाँ सी का जो प्रीमियम जो कितने का बीमा करा रहे वो यहाँ पे डाल लेंगे समय सूर ये डालने के बाद आपको कैलकुलेटर पीम पर क्लिक करना होगा आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा आपको ये भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं और ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी पहली किस्त हमारी कितनी जमा होगी और बाकी बाद में कितनी जमा होगी ये कलेंडर शो हो जाएगा <kukneska> और इसके बाद आपको कंफर्म प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे कंफर्म प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैश देखने को मिलेगा ये सब चीज़ आपको दिखाई दे रही है और इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और आपको इस ये सब चीज़ देखने को मिला, रहा लीड जनरेट क्लिक कर देंगे के पर क्लिक करेंगे डाउनलोड के और इस पे प्रोसीड क्लिक करेंगे प्रोसीड क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का जो जिप फाइल होती है आधार कार्ड की ऑफलाइन के मांग रहा है ऑफलाइन के करनी होगी और हम हेल्प यहाँ से ले लेंगे इसमें हेल्प के आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा आधार वाली साइट पे चले जाएंगे और लॉगिन लॉग इन करेंगे इस तरीके से ओ टी पी ले लेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे ओ टी पी नोट मैच हो रहा है आपको इस प्रकार का ओ टी पी हमने डाल लिया है और इस प्रकार का डैश बोर्ड देखने को मिलेगा ये ओपन हो जाएगा अभी और ऑफलाइन ये रहा ऑफलाइन केवाईसी पर क्लिक करेंगे और उसका कोड बना लेंगे जैसे कि हमने जो कोड यहाँ पे डालेंगे वही वहां पे डलेगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे हमने उसको डाउनलोड कर लिया सेव कर लिया जो जिप फाइल बनाई है। अब हम अपने पोर्टल पे चलेंगे वहीं पर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप जिप कोड डालेंगे और फाइल को अपलोड करेंगे यहाँ पे ब्राउजर में जाके जैसे कि अभी हम डाल के तुम्हें बताते हैं तो आपको इस प्रकार का हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल लिया कोड नंबर डाल लिया तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद उसको जो हमने नंबर डाला था उस पर ओ आएगा यहाँ पे ओ डालेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा ये सब उसकी डिटेल आ गई है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर आ जाएगा और कस्टमर की इस प्रकार से आपको डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे मम्मी का नाम डालना है पापा का नाम डालना है और यहाँ पे अपना सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे सबका सेम है सेव प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इसमें ईमेल आईडी मांग रहा है ईमेल आईडी और डालेंगे कस्टमर यहाँ पे ईमेल आईडी आई डाल देंगे और प्रोसीड सेव क्लिक करेंगे और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और इसमें हम और हम सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और हम हमने ये चीज डाल लिया है यहाँ पर ऑपरेशन डाल लिया है इसका ड्यूटी का ये डाल लिया है और इनका इस तौर क्या हुआ है ये वो चीज डाल दिया है ये तीनों चीज डालने के बाद आपको और कुछ चीज चेंज नहीं करना है और आपको यहाँ पे नो पर क्लिक करना है नो पर क्लिक करने के बाद सेव है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा मैनुअल इंकट डाल, डाल लेंगे और साल में क्या कमाता है आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा इसमें ये जैसे आया हुआ है ऐसे चॉइस रहने देंगे और इसको क्लिक करने के बाद आपको यहां पे में इसकी साल भर की इनकम जितनी भी इनमेंट इसकी है, वो इनकम इसमें डाल लेंगे और वो टोटल यहां पे आ जाएगी और एंड सेविड पर क्लिक करेंगे और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा तो आपको इस प्रकार का जैसे डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है आपको ये सभी को नो करना होगा इनको पढ़ना है उनके अनुसार आप इसके यश नो का आंसर लगा सकते हो मगर ये इनमें सभी नो आएगा नो no करने के बाद आपको इनको पर क्लिक कर देंगे और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा इसमें इनके फैमिली डिटेल्स चढ़ेगी जिसे ऐड किया जाएगा आपको इस प्रकार से यहां का फैमिली की सभी डिटेल्स ऐड कर लेंगे ये हमने डिटेल ऐड कर ली है और सेव एड पर क्लिक कर लिया है प्रोजिट इसमें ये पूछ रहा है कि एबीसीडी वाले में कि क्या हैबिट्स है इसकी हैबिट्स इसमें नो कर देंगे जैसे कि ड्रिंक वगैरह ये चीज़ करना है ये चीज़ ये काम नहीं करता तो तभी लिखा जाएगा बाकी इसमें ये चीज़ इसकी हाइट चढ़ जाएगी और यहाँ पे इसका वज़न केजी डल जाएगा और इसमें हेल्थ से लेकर समय इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई इससे पहले कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें सारे ये मेडिकल टाइप है सबको नो no करना होगा नो no करने के बाद आपको सेव एज प्रोजीट पर क्लिक करना होगा हम यहाँ पे डाल देंगे नो no, नो no कर लेंगे और सेव एनज प्रोजीट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और ये सब डिटेल देनी होगी हम यहां पे कस्टमर का अकाउंट नंबर और एफ कोड डालेंगे और उसकी ब्रांच का शो हो जाएगा ये सब चीज़ और यहां पे नोमिनेशन का नाम डालेंगे और यहां पे एज डाल जाएगी एज डालने के बाद उसका सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम ये कोरोना का टाइप का वो आ रहा है जो उसका कोरोना किसी को दिक्कत तो नहीं तो उसको नो करेंगे नो करने के बाद यहाँ पे और डिटेल ऑप्शन आएगी नो करने के लिए इसकी और इसे भी कोविड वैक्सीन नो करने देंगे और क्लिक करें सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और ये पॉलिसी कम्प्लीट होने वाली है बस अभी हम करते हैं इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा आपको और ये आई अगेन पर पर क्लिक करेंगे पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और इसमें आपको ये ब्रांच का, का नंबर एजेंसी कोड कार मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे कि आपको मिल रहा है सब कुछ पप्पू का नाम आ गया ये जागे और उसका समय सोट आ गया है और इस प्रकार से आपको नो नो मिला हुआ है सब चीज इसमें भरी हुई है और आपको थोड़ी सी कुछ भरना भी अभी बाकी रहेगा थोड़ा सा हम देख रहे हैं और अभी बताएंगे इस तरीके से पहले भी फ्लिप हुआ हुआ मिलेगा आपको और ये और हम यहाँ पे इसके मार्क लिख देंगे कोई भी उसके चेहरे पे मुँह पे कहीं भी हो उसी पे उसका पर डाल देंगे या कोई तिल वगैरह डाल देंगे यहाँ पे और सेव एंड क्लिक करेंगे और आपको आपको इस प्रकार का डैश बोर्ड देखने को मिलेगा और आप हम इस आपको इस प्रकार का इसका सारा फॉर्म भरा हुआ क्लियर हो जाएगा आपको सब चीज आवेदन पॉलिसी नंबर सब जनरेट हो जाएगा और आपको कितना कब किसना जमा करना है इस प्रकार को आपको हर चीज मिल जाएगा इसका कस्टमर को हम इनको प्रिंट करके भी दे सकते हैं कोई समस्या नहीं है और आगे इसमें चलेंगे और हमारी हर चीज सही है तो अब हम आगे सबमिट पर क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद कस्टमर की ईमेल आईडी पर ये अब लिंक भेज दिया जिसके कस्टमर के ही लिंक उसकी केवाईसी की जाएगी और के करेंगे उस लिंक से लिंक से केवाईसी होने के बाद कस्टमर की फिर होगी उसके एजेंट की केवाईसी केवाईसी एजेंट के होने के बाद हमें अभी करा के दिखाते हैं तुम्हें इस पूरा पूरा प्रोसेस हमने कस्टमर की केवाईसी कर दी है ऑनलाइन ये हो गया कस्टमर की केवाईसी लिंक उसके पे पहुंच गया था हमने वहाँ से पेमेंट भी कर दिया कि सिग्नेचर कस्टमर के, के होने हैं अब यहाँ पे हम है। पर हम सिग्नेचर करते हैं प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहां पे कस्टमर का आधार नंबर डालेगा कस्टमर का डाल के नंबर यहां पे और यहां पे आप डाल देंगे। डाल लिया है और सबमिट पर क्लिक करेंगे थैंक यू कस्टमर की ये ईमेल पर हो गया है कॉपी और ये हो गया उसका वी हमने उसका कर दिया अब कस्टमर का तो हो गया फाइनल और जो एजेंट ने किया है उसकी मेल से भी वेरीफाई होगा ये हमने कस्टमर डाल दिया है देखो पप्पू का ये आई नंबर आ गया और यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से हम जैसे हमने यहाँ का डाला रजिस्ट्रेशन किसका करा आज की डेट में ये आ रहा है शो कर दिया और हमने पहली दो भी कर रखी है वो भी शो कर रहा है ये जब पहली करी हुई थे यहाँ पे किस किस तारीख में हमने किया हुआ है अपने इससे तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी आनंदा से पॉलिसी करने का तो धन्यवाद